तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूँ तो यहाँ पर हम आज खूब सारे मस्ती करेंगे फ्रेंड्स तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना इसमें आपको चीट कोड बताया जाएगा जिससे आप गाड़ी खो सकते हैं यार आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना तो यहाँ से मैं बुलेट लेकर निकलता हूँ फ्रेंड मौज मस्ती कर रहे यार गेम है तो मौज मज से तो करेंगे यार अपना बुलेट लेकर से नहीं कर रहा था भाई तभी मैंने सोचा क्यों ना इस लड़की को गोली मार दी आ जाए देखते हैं पुलिस आती है क्या तभी मैं अपना गन निकालता हूँ फ्रेंड्स और इसको मार देता हूँ एक गोली बस ये पर मर जाती है देखना मैंने इसको एक गोली मार दिया लिया भाग रही थी यार एक गोली लग रहा है एक गोली लग गया और यहाँ पर चिपती हुई मर गई फ्रेंड्स यहाँ से हम तुरंत निकलते हैं यार क्योंकि पुलिस आके तुरंत हमको भी मार देगी इस कारण हम यहाँ से निकलते हैं तो हम लोग भी एक गाड़ी मंगवा ले ही देते हैं तभी पीछे इसकी दोस्त फ्रेंड आकर मार रही है मुझे कि मेरे दोस्त को क्यों मारा तभी इसको भी मजाक चखाना होता है इसको भी मैं मजाक चखा चुका हूँ तो यहाँ से के से निकलते हैं फ्रेंड्स वरना पुलिस तो देखिए पुलिस सामने से आ रही है यार पुलिस आ गई यार यहाँ से निकलते हैं वो वरना ये मुझे गोली मार देगी तो यहाँ से फ्रेंड्स सब लोग निकल चुके हैं क्योंकि पीछे पुलिस भर चुकी है और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स क्यों आप लोग का ऐसा वीडियो मिलता ही रहेगा यहाँ पर मैं टकरा गया फ्रेंड्स अचानक सामने आ गया मैंने ध्यान नहीं दिया मैं उलट गया पुलिस यार पे पीछे पीछे फिर गोली मारने आ गए यहाँ से फिर निकलना पड़ेगा यहाँ एक दो तो पुलिस बहुत सारे पुलिस आ गए यार यहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं ऐसा तो ड्राइविंग नहीं आ रहा यार एक सेकेंड एक सेकेंड ये क्या हो रहा है इसका ड्राइविंग का ऑप्शन नहीं दे रहा है अच्छा देने लगा तो यहाँ से निकलते हैं पुलिस तो लगता है उतर ही नहीं रही अंदर ही बैठे हुए हैं तो यहाँ पर हम गाड़ियाँ लेकर यहाँ से निकल चुके होते हैं अपनों को मैं स्टंट आग जाकर देखा यहाँ से मेरा फंस जाता है लिमिट है कि हम क्या यार आगे बढ़ेगा तो फंस जाएगा उस पास जाने नहीं देगा तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं अपने गाड़ी के साथ क्या था इस का क्या नाम है तभी मुझे पुलिस देती है यार है देखो इधर से झारखंड ठोक याद तभी मैं इस पुलिस से छुटकारा पाते हुए मैं आपको एक स्टंट दिखा इस गोले में से मुझे पार कर रहे यार अभी गोल गोल घूम के देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं तो ट्राई करते हैं फ्रेंड तो यहाँ पर तो मैं मिस कर जाता हूँ यार चढ़ भी नहीं पाता हूँ उस पर तो मैं बैक लेता हूँ और दोबारा ट्राई करता हूँ देखते हैं इस बार क्या चढ़ पाएंगे मैं तो दोबारा ट्राई करने पर मैं शायद चढ़ जाऊँगा यार चढ़ गया भाई दोबारा ट्राई करने पर मैं तो चढ़ गया और आसानी से भाई उतर गया तो आगे चलते हैं स्टंट तो मैंने दिखा दिया इधर मैंने देखा एक लहार वाही गजब लग रही थी यार तो मैंने सोचा इसको मजा चखाया जाए लम्बरगिरी दिखा रही है इसको गोली से मैं भूलने लगता हूँ इसका ड्राइवर बाहर तक नहीं आता इसका जाता है शीशा पर जा रहा है इसका ड्राइवर कुछ हो ही नहीं रहा है बाहर भी नहीं आ रहा है क्या गेम है भाई तभी मैं इसे मजा चखाने के लिए अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर मंगाता हूँ फ्रेंड्स और इसे देख कर ड्राइवर चौक जाता है और यहाँ पर मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर आ चुका है फ्रेंड्स और देखो मैं इसको चिड़का रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाता हूँ फ्रेंड्स इस क्या हम बैठ पाएंगे? तो थोड़ा सा दोबारा ट्राई करते हैं कोई भी काम करो भाई बार बार ट्राई करो मेरा तो काम हो ही जाएगा ऐसा नहीं है करोगे नहीं होगा जो तुम करना चाहो यहाँ पे मैं ट्राई किया अब उतर गया रुक के मेरा फंस गया पैर अंदर वो अलग बात है लेकिन ट्राई किया तो कुछ प्राप्त हुआ ना यार तो यहाँ पर मैं निकल चुका हूँ तो यहाँ पर हम गाड़ी मंगाते हैं क्योंकि पैदल तो जाएंगे नहीं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे गाड़ी मंगाते हैं तो यहाँ पर मैं गाड़ी को कॉल करता हूँ यार तभी मुझसे गलत डायल हो जाता है और कोई गाड़ी नहीं आती है तभी फिर मैं वापस डायल करता हूँ और एक मैं अपना वो गाड़ी मंगाता हूँ जिसका नाम क्या अब तक यार भाई मुझे भी नहीं पता ये गाड़ी का अब तक कौन गाड़ी है सर कैसा दिखती है तो यहाँ पे मैं गाड़ी पर बैठ गया और कंटेनर पर चलकर ऊपर जाना चाहता था यार लेकिन तभी मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है और मैं अपना हैंडिल नहीं बढ़ा पाता और नीचे ही जाता हूँ यार नीचे में गिर गया फ्रेंड्स तभी मैं बिगाड़ जाता हूँ यार और मेरी बेट होती है वीडियो अच्छी लगी तो क्या